मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना ओ यारा दिल लगाना ओ यु देखने कार लचने मेरी नज़र सुनता नहीं है किसी और को हो गया जो मेरा दिल है दिन तेरे रहना मुश्किल है तुम कितना प्यार करते हैं बेबात कहना मुश्किल है ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना ओ यारा दिल लगाना ओ यारा दिल लगाना कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना ओ ओया दिल लगाना ओ ओया तुम्हें भी पता हम हमें तुम पे फिर फिरा फिर की ज्ञान से बोलते हो तुम और तोड़ दो की जो दीवार है अपने राम जे थोड़ा कर दो रू तेरा राम जो तेरे काबिल नाह तू है तुम्हें कितना प्यार करते हैं बेबाक कहना मुश्किल है ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया